घटना ये क्या हुआ स्टेशन अभी अभी मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि यहाँ भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था और पता चल मौके पर पहुँचा तो पता चला कि तो जो है ट्रेन एक गुजर रही थी और उस ट्रेन गुजर रही थी और यहाँ जो ओवर ब्रिज बन रहा है रेलवे सिटी स्टेशन के समीप उसके नीचे से मोटरसाइकिल आवागमन रुक नहीं रहा है अनवरत आते जाते रहते हैं और एक बाइक सवार व्यक्ति गाड़ी अपना रेलवे क्रॉसिंग क्रास कर रहा था यहीं पास से जैसे ही उसने क्रॉस किया तब तक, तक ट्रेन आ गई और वह संयोग बस अपनी बाइक से उतर गया लेकिन बाइक उसकी ट्रेन में भिड़ी और एकदम चकनाचूर हो गई रगड़ाते हुए बाइक निकल गई और ट्रेन निकल गई और यहाँ अक्सर करके इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं रेल प्रशासन जो कि यहीं मुश्किल से पाँच मीटर दूर जी पुलिस है वह यहाँ की निगरानी कभी करती ही नहीं उसको आज आ करके यहाँ निगरानी करनी चाहिए लोगों का आवागमन को बाधित करना चाहिए, आए दिन, करना चाहिए। आए दिन ऐसे ही कई मौतों हो गई हमारी पड़ोसी एक महिला थी ऐसे पहले की बात यानी की एक महीने दो महीने के अंदर एकाध एकाध घटनाएं बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती स्थानीय पुलिस मुश्किल से पांच सौ मीटर दूर है लेकिन कोई आ करके घटना से पहले उसकी निगरानी नहीं करती न लोगों को आवागमन से रोक करिए मकान ले